पर वक्त है अस्सलाम बिस्मिल उम्मीद करता हूँ सब खैरियत सुन गए सब को अपने जमान में रखे वो दुनिया दुनियावाखिर की तमाम खुशी ने ऐसे फरमाएँ आज का भी लोग करते हैं शुरुआत ईद का दिन है जो सबसे पहले काम होता है वो पट्टे लाके खड़े करने होते हैं कि ईद जो बाकी ईद के बाद का टाइम है उसमें पट्टे लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है तो इसलिए वो काम सबसे पहले करते हैं तो अभी मैं वही लेने जा रहा हूँ अभी सवा का टाइम हुआ नमाज पढ़ के अभी आए हैं तो अभी बस चारा लेने के लिए चलते हैं रेडी बान चुके हैं तो बस निकलते हैं इधर से ये जी हमारे पट्टे हैं जो कटे हुए हैं सिर्फ उठा के लेके जाना है इनको ये पलियों में डालनी है हमने हमारी ईद की तैयारी हो चुकी है तो ईद का अभियान भी शुरू है सिर्फ अभी जल्दी जल्दी से चलते 15 मिनट रहते हैं ईद की नमाज़ खड़ी होने को अभी ईद की नमाज पढ़ के फारग हो आए हैं तो अभी मेरा इरादा है शहर जाने का थोड़ा सा काम है अभी आप दोस्तों को दिखा देंगे जो काम करने जा रहे हैं तो अभी बस निकलते हैं जल्दी वापस भी आना है नवीर हम नान लेने के लिए आए थे तो शहर बिल्कुल बंद है तो सिर्फ ये ही नानों वाली दुकान खुली थी तो या बेकरी वगैरह खुली थी तो हम इधर रुके हैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए तो बस अभी पी के घर चलते हैं क्यों अभी जाके खाना भी खाना जो चीज़ें लेने आए थे ये जी हमारा दोपहर का खाना है चावल है मिर्च कटी हुई है ये सलाद है ये गोश्त पका हुआ ये जो खाने वाले से लेने गए थे नान और साथ सर्दी रोटी भी नहीं हुई है बोतल भी है साथ ये लीची की बोतल है अब खाना खा लिया तो नींद काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है तो ईद का दिन है ईद का दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है सो के तो देखते हैं कितना टाइम सोते हैं तो अभी तकरीबन हो रहे हैं अभी ये टाइम हो रहा है तो बाहर तो निकला नहीं जाएगा क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आराम ही करेंगे जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा फिर देखेंगे बाहर की सूरत हाल क्या है तो अभी सोते हैं जब उठेंगे फिर आप दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात होगी कभी उठाऊँ तकरीबन साढ़े पाँच का टाइम हो रहा है तो काफ़ी सोए और बाहर का भी मौसम कुछ ठीक हो रहा है गर्मी कुछ कम हो रही है तो मैं तो अभी नमाज़ पढ़ के हटाऊँ और टमाटर खा रहा हूँ पड़ा था बस दिल किया तो खा रहा हूँ तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों भी कॉल करते हैं अगर बाहर का बनता है कहीं जाने का जाते हैं नहीं जी हमारी बच्चों के बच्चे माशाल्लाह काफी बड़े बड़े हो गए हैं वो देखें पर भी आ गए हैं वो हमारा मन बैठा है ये जी बाजार का माहौल है अभी तकरीबन तो सवा छः का टाइम है धूप भी कम है तो गर्मी में कम हो रही है और साथ इसको निकाल लिया मैंने ये लेटा हुआ था <laughs> नहीं लेटा तो नहीं था कपड़ों से, से बाहर हो रहा था अभी भी ये आरजी पे कपड़े पहन गए तो थोड़ी से टाइम बाहर का माहौल देखेंगे फिर वापस घर ही चलेंगे तो ये जी आसपास मक्की लगी है मक्की वहा चले कितनी खूबसूरत है रात में टोल चल तेरी कह रहा खरा चल लगा इधर तेरा लैट गए लेट गये चिटे तेरे ब लाने <laughs>